हाय फ्रेंड्स मैं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं एमबीएस बी मिक्की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मोबाइल से लाइव कैसे हो जैसे एप्लीकेशन से लाइव मोबाइल में होना होने के लिए आपका 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है तो आप लाइव होने के लिए यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा क्रोम ओपन करके आपको यहाँ पर यह यूट्यूब लोगों को क्रिएट कर रखा है तो ठीक है नहीं आपको यहाँ पर यूट्यूब सर्च करना है और यहाँ यूट्यूब पर आपको क्लिक करना है हमने यूट्यूब आप ओपन किया अब देन आपको जाना है इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर हमने क्लिक किया जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके क्लिक किया उसके बाद में आपको यहां पर जो आपको दिखाई देगा टैब उस पर आप स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है नीचे आपको डेस्कटॉप टॉप आप साइड दिखाई दे रही है आपको डेस्कटॉप साइट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है अब ये आपका डेस्कटॉप मोड में आ गया अब उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है यहां पर प्लस का लोगो जो यहां पर अपलोड कर सकते हैं वीडियो और क्या कर सकते हैं यहां पर लाइव भी हो सकते हैं तो यहां जो अपलोड का लोगो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है आपको जैसे हम क्लिक करते हैं आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक अपलोड वीडियो और एक गो लाइव्स तो हमें गो लाइव होना है तो हमें लाग, गो लाइव पर क्लिक करना होगा गोल आई पर हमने क्लिक किया अब यहाँ पर आप लाइव होने के लिए जैसे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं तो आप टाइटल ऐड करना चाहे तो आप टाइटल ऐड कर सकते हैं मैं टाइटल ऐड कर रहा हूँ हाउ टू लाइव यूट्यूब मैंने टाइटल एड कर लिया अब उसके बाद में आप यहाँ पर बता सकते हैं या ट्रीज लोगों के लिए ये लाइव हो रहे हैं या अदर लोगों के लिए उसके बाद में आप मोर मोर ऑप्शन ऑप्शन भी भी है पर भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर अपना सारी चीजें चेंज कर सकते हैं उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है यहाँ लास्ट में सबसे पेज के ने दिखाई दे रहा है और आप लाइव हो रहे हैं अभी आपको थंबनेल बनाना है तो आप थंबनेल के लिए क्या करेंगे थंबनेल आप बनाए हैं यदि पहले से तो ठीक है नहीं आप थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं ये लाइव का थंबनेल है जो अपलोड थंबनेल पर क्लिक किया हमने यहाँ पर अपलोड थंबनेल दिखाई दे रहा है अपलोड थंबनेल पर हमने क्लिक किया यहां से हमने थंबनेल कर ले रहे रहे हैं हैं देख पा गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे हैं नेट बहुत स्लो चल है इसलिए जल्दी काम नहीं हो पा रहा है मिनट पर डिपेंड करता है कैसे वर्क कर रहा है हमने थर्मनल पहले से बना रखा है तो हम थर्मनल ले लेते हैं हमने थर्मनल सेलेक्ट कर लिया देन आपको क्या करना है मेस्ट पर गो लाइव कर देना है और लाइव हो जाएंगे आप गो लाइव पर क्लिक कर तो देंगे मेरा लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है तो आप इस तरह से लाइक हो सकते हैं हमारे चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जय हिंद जय भारत